नमस्कार दोस्तों मैं बीटू कुमार आपको इस टेक्नो बीट्यू चैनल में स्वागत करता हूं सो so, आज का वीडियो बहुत ही अमेजिंग है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंस्टाग्राम रील्स को वायरल कैसे करें यानी वो कौन सा सेटिंग ऑन कर दे जिससे आपका इंस्टाग्राम रील्स वायरल हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा सो so, चलिए बिना किसी देरी के इस कमाल के वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले मैं आपको अपना इंस्टाग्राम आई दिखाना चाहता हूँ जैसे कि साइड पर देख सकते हैं सो सो so, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इंस्टाग्राम पर देखिए इस इंस्टाग्राम पे रील्स डालने का भी टाइम होता है यानी वीडियो डालने का भी टाइम होता है तो अपने कंटेंट डालने का जैसे कि मान लीजिए कि आप सुबह में डालते हैं तो वैसे लोग एक्टिव नहीं रहते तो चार बजे से लेके आठ बजे के बीच में आप रील्स डालिए पाँच बजे डालिए छः बजे डालिए आपका रील्स गारंटी के साथ वायरल होगा आपका रील्स एकदम वायरल होगा उस पर लाइक भी आएगा तो सबसे तो पहले आप रील्स डालिए और दूसरा चीज़ उसी टाइम जब तो रील्स डालते समय उस टैग वगैरह लगाइए टैग लगाइए हैशटैग लगाइए मान लीजिए आपका भोजपुरी सॉन्ग है तो लिखिए हैशटैग भोजपुरी लवर हैशटैग टैग भोजपुरी सॉन्ग हैशटैग भोजपुरी इसी चीज आप लिखिए ठीक है और मान लीजिए आपका बॉलीवुड है तो हैजट बॉलीवुड ऐसे ही सब बनाइए मान लीजिए आपका डांसिंग है तो हैजट डांसिंग तो पहला सेटिंग ये रहा आपको एक परफेक्ट टाइमिंग रखना होगा जिस टाइमिंग में आपका वीडियो इंक्रीज करे उसी टाइमिंग में आप वीडियो डालें तो चलिए मैं दूसरा सेटिंग आपने मोबाइल स्क्रीन पर लेके चल के दिखाता हूँ so सो गाइस देखिए मैं दूसरा सेटिंग के लिए मैं अपने इंस्टाग्राम पे आ चुका हूँ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट के आप देख सकते हैं राइवी टू मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है साइड में दिख रहा है तो सबसे पहले आप इस अकाउंट को आप जब नए नए अकाउंट बनाएंगे ना तो आपका अकाउंट जो हो ना यानी पर्सनल अकाउंट होगा आपको इस अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट करना पड़ेगा ये दूसरा सेटिंग है मैं आपको फर्स्ट सेटिंग बताया था टाइमिंग वाला ये दूसरा सेटिंग है आपको इसको प्रोफेशनल अकाउंट बनाया प्रोफेशनल अकाउंट कैसे बनाते हैं वो भी बता रहा हूँ सबसे पहले ये थ्री डॉट का चीन देख रहा है इस क्लिक हो रही है साइड में फर्स्ट सेटिंग का चीन आ रहा है सेटिंग पर क्लिक कीजिए सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपको एक प्राइवेसी सेटिंग दे रहा होगा खैर हो गई प्राइवेसी एक अकाउंट का सेटिंग दे रहा होगा अकाउंट पर जाइए अकाउंट पर जाने के बाद आपको लिख रहा है अगर लास्ट में दिया होगा स्विच टू अकाउंट यानी स्विच अकाउंट टाइप यानी आपका अकाउंट किस टाइप का होगा तो अगर आप पर्सनल अकाउंट रखेंगे तो उस पर ज़्यादा वीडियो इंक्रीज लीजिए सब नहीं आएगा अगर वही आप प्रोफेशनल अकाउंट करते हैं तो आपका जो वीडियो है ना वो सब फेसबुक पर भी रिकॉमेंड होगा मतलब वही फेसबुक सोशल मीडिया पर ही होगा अगर आपका वीडियो पर इंक्रीज जाएगा वीडियो वायरल होगी तो सबसे पहले आपको अपने पर्सनल अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट में करना होगा तो देखिए अकाउंट स्विच अकाउंट टाइप दिया है तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसमें दो ऑप्शन आ रहा है स्विच टू बिजनल स्विच टू पर्सनल तो आप ऐसा कीजिएगा स्विच टू प्रोफेशनल दिया होगा पर्सनल में जब वो प्रोफेशनल दिया होगा मैंने ऑलरेडी पर्सनल मैंने कर रखा है तो आपको क्या करना है प्रोफेशनल करना है ये पर्सनल है आपको करना है प्रोफेशनल जैसे कि मैं कर रखा हूँ सो देखिए इसमें पर्सनल मैं नहीं कर सकता नहीं तो मेरा जितना डाटा है सब डिलीट हो जाएगा सो ये हुआ दूसरा सेटिंग चलिए मैं आपको तीसरा सेटिंग पे पर लेके जा रहा हूँ तीसरा सेटिंग में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ आप मेरे अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक कर दें सो so चलिए मैं तीसरा सेटिंग वो भी बता देता हूँ आपको तीसरा सेटिंग में भी यहाँ थ्रियडर पर क्लिक करें सेटिंग में जाए सेटिंग में जाने के बाद आप प्राइवेसी सेटिंग पर जाए प्राइवेसी सेटिंग में ये जो रील्स का ऑप्शन दिया है रील्स वहाँ पर क्लिक करें ये जो रिकमेंड ऑन फेसबुक दिया है इसको आपको क्या करना है ऑन कर देना है यानी नहीं देखिए मेरा ऑलरेडी ऑन है आपको भी ऑन ही कर देना है और ये ही मैक्सिन दिया है इसको भी ऑन रखना है क्योंकि मैं पहले आपको फेसबुक का बता दे रहा हूँ दूसरे जिससे कि मान लीजिए आप फेसबुक का ये जो ऑन करते हैं तो आपका जो वीडियो वो फेसबुक पर भी रिश करेगा फेसबुक वाला जो भी हो, फेसबुक पर भी दिखेगा, कोई भी आपका वीडियो देखेगा इसको लाइक करेगा तो आपका इंस्टाग्राम पर लाइक जो करेगा कोई भी आपको फेसबुक पर जाकर फॉलो करेगा काफी आपको इंस्टाग्राम पर होगा तो, हो तो फेसबुक से ज़्यादा ही रीच आती है तो आप इसको रिकोमेंडेशन और फेसबुक इसको कौन रखने के भूलिएगा मत इसको रखने का और दूसरा चीज़ दिया है इनेबल रिमिक्सिंग तो इनेबल रिमिक्सिंग कीजिएगा देखिए जैसे कि मैं आपको बताता हूँ जैसे बायरल ट्रेंडिंग टॉपिक है ट्रेंडिंग टॉपिक को आपको ड्यूट करना है ट्रेंडिंग टॉपिक को ड्यूट करके आपको सोशल मीडिया पर डालना है यानी इंस्टाग्राम पर डालना है और साथ साथ सोशल मीडिया से भी बोल रहा हूँ कि आप अपने वीडियो को शेयर कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा हर एक सोशल मीडिया पर ताकि आपका और ज्यादा इंक्रीज हो वायरल लोग। ये हुआ हुआ तीसरा सेटिंग और, और आपको तो पहले ही बता चुका हूँ कि देखिए गाय सबसे मेन इम्पोर्टेंट टाइमिंग और हैश ये लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा टाइमिंग और हैश सो गाय आप लोग सोच रहे होंगे कि हैश क्या हैश टैग कहाँ सा लगाए तो भी मैं आपको बता रहा हूँ हैश लगाने के लिए कोई ज्यादा भारी बात नहीं है वहाँ पे इंस्टाग्राम पर साइड में सर्च वाला ऑप्शन दिया होगा उस पर क्लिक कीजिएगा और हैशटैग का टैग वाला ऑप्शन दिया होगा टैग में जाइएगा देखिएगा बहुत सारे वायरल टैग होगा और तो अपने दिमाग का यूज कीजिएगा और, और हीजटैग लगाइएगा जैसे आपका वीडियो उसी टाइप का हैचटैग लगाइएगा जैसे मैं बता चुका हूँ और आ, एक बोनस टी बता रहा हूँ सबसे आपका वीडियो में जब क्वालिटी होगा ना तभी आपका वीडियो वायरल हो सकता है आपका वीडियो में जब क्वालिटी है ही नहीं तो इंस्टाग्राम उस वीडियो को रीच नहीं देती परमोट नहीं करती तो आप मैंने वीडियो क्वालिटी पर भी थोड़ा ध्यान रखिए लाइटिंग वगैरह अच्छा वीडियो बनाइए प्रोफेशनल बनाइए तो यही सब रहा आज का सेटिंग सो अगर आपको चाहिए कि हाँ इंस्टाग्राम पे फॉलोअर कैसे बढ़ाना है तो उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊँगा अगर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट करें मैं उसके लिए भी वीडियो बनाऊँगा पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा और हाँ अगर आपको नहीं आता है प्रोफेशनल अकाउंट करना तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो बना दूँगा आप कमेंट कीजिएगा चलिए सो गाइस आज के वीडियो में इतना ही अगर अभी तक आपने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दो ताकि मेरे को और मोटिवेशन मिले ऐसे ही आपको अपनी वीडियो बनाऊं। और हाँ गाइस मैं YouTube के रिलेटेड Instagram के रिलेटेड YouTube पे कैसे वायरल हो इंस्टाग्राम पर कैसे वायरल हो ऐसा ही मैं वीडियो बनाता हूँ तो अगर आपको ये सब वीडियो चाहिए तो नेक्स्ट और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे सो so, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ अमेजिंग वीडियो में